टॉप फोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो 90 परसेंट लोग नहीं जानते होंगे नंबर चार धरती पर केवल मनुष्य ही एकमात्र जीवित प्राणी है जो पिठ के बल्स होता है नंबर तीन हमारे शरीर की 80 परसेंट गर्मी हमारे सिर द्वारा बाहर निकलती है नंबर दो हवाई जहाज़ में उड़ते समय हमारे बाल दो इंज रफ्तार से बढ़ते हैं नंबर एक जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें रंगहीन दिखाई देती है बारह महीने बाद ही वे रंगों को पूरी तरह देख पाते हैं